अगली खबर का रुख करते हैं बांदा के एक होटल में अनोखा नजारा देखने को मिला है वहां पर डीएम अनुराग पटेल ने शहर के एक होटल को गुलाब का फूल और एक भेंट कर उन्हें की दी। अनुराग पटेल ने 75 से ज्यादा की अपील की है आपको बता दें कि शहर के एक होटल में विवाह समारोह संपन्न हो रहा था और तभी जिलाधिकारी अनुराग पटेल अपने माताहत अधिकारियों के साथ पहुंचे और नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया साथ ही दूर दुल्हन ने तेईस फरवरी को मतदान कराने की अपील की और इस दौरान डीएम ने कहा कि ऐसे में हम सब जिले में 75 फीसदी से भी ज्यादा मतदान का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे